सिंगर पावर स्टार जख्मी सिंह वीर सिंह बनोटा न्यूजिक बॉय आजाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो आजा, आजा आजा आजा ओहो नाम है आयो तो मन के बाद मैं आयो ब कर मन की बाद ये तुम दुआरे पन्न टे गो गोचाव चुम दुआरे पन्न टे गो गोचा चुम दुआरे जामन में आवेर मिस कॉल देवाली दे तारी में दे जामन में आवेर मिस कॉल देवाली तारी में दे जामन में Oh. भी चावड़ी के जानो गणा जोर की ऐसे तो चावड़ी के जानो गणा जोर की म लौंगी गेट बेटा डी मल्लब राजा जो बाबा लम गेट बेटा डी मल्लब बे राजा जो बाबा गेलम गेट बेटा डी मतलब बे राजा जो पकड़ना चौंगी तो मैं भी गेला पकड़ना चौंकी दारा सी गेला भी यात्र पकड़ना चौंगी जाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो बारोदी सहा और आत्मा में बैसे बैर बे दारा सिंह भी ये सिकी ग जे बेलाग के जोड़ी दारा सिंह भी ये सिकी ग जे के रे जोड़ी दारा सिंह सपना में मत दीघर दारा सिंह बाया मोन सपना में मत दीकर दारा सिंह बाया रामो न सपना में मत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 प्रोग्राम बीएसएचडी स्टूडियो चैनल द्वारा पेश है डायरेक्टर गणेश सिंगर वीर सिंह और कलाकार भाई राम सिंह पीपल और मोबाइल नंबर छीनबे दस पचपन बत्तीस अठहत्तर और विशेष सहयोगी धारा सिंह निमोद